नमस्कार दोस्तों मेरे गोसी कम्प्यूटर चैनल में आपका स्वागत है और आज हम आपको फिर से एक सी एस सी के नए अपडेट पर आपको इस वीडियो को लाए हैं जहां पे हम आपको ये बताने वाले हैं कि सी के माध्यम से किसी भी आयुष्मान कार्ड का प्रिंट कैसे कर सकते हैं हमने इसके पहले बहुत से वीडियो बनाए हैं जिन्होंने आपने नहीं देखा हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं और साथ ही हम ये बताने वाले हैं कि इस प्रोसेस को कैसे करते हैं और किस तरह से आप आयुष्मान कार्ड प्रिंट कर पाएंगे इसके बारे में बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप आयुष्मान कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे एक गूगल क्रोम ब्राउज़र का होना आवश्यक है और साथ ही वह एक 70 वर्ज़न का ओल्ड वर्जन होना चाहिए तभी आप एक आयुष्मान कार्ड प्रिंट कर पाएंगे तो दोस्तों अगर आपके पास ये वर्ज़न नहीं है तो डिस्क्रिप्सन में लिंक दिया है वहाँ से जाकर आप उस सत्तर वर्जन क्रोम ब्राउज़र को डाउनलोड कर पाएंगे और साथ ही हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से आप आयुष्मान कार्ड को प्रिंट कर पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं यहां पे मैं अपना सिस्टम को ओपन कर चुका हूं और यहां से मैं अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करके अपना सी सी का पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन कर लूंगा आयुष्मान भारत जीरो वन इस स्कीम पे आपको क्लिक करना है ये गवर्नमेंट का स्कीम है यहां पे आप क्लिक करने के बाद होम पे आएंगे फोम पे आने के बाद आपका यूजर आई का प्रोफेशनल जो ऑफिसियल वेबसाइट है ओपन हो जाएगा यहां से आप अप्रूव्ड बेनिफिशरी में उस बेनिफिशरी का जिस डेट को आपने आयुष्मान कार्ड बनाया था उस डेट को यहां पर फिल करेंगे उस डेट से लेकर फॉर्म टू डेट मतलब कि आखिरी इस महीने के डेट तक मतलब कि दो महीने के बीच में जितना भी कार्ड आपने बनाया है वह डेट के हिसाब से आप यहाँ पूरा लिस्ट देख सकते हैं तो यहाँ पर हम उस बेनिफिशियरी का जिसका हमने बनाया था यहाँ से हम चेक कर पाएंगे और हमने चेक किया उसके बाद भी नहीं आ रहा है और फिर दोबारा हमने सर्च किया यहाँ पे एक आ गया है जिसका नाम है राजेश यादव इनका हमें कार्ड प्रिंट करके देना है कस्टमर को लेकिन हम दे नहीं पा रहे थे तो हमने इसे किस तरह से सॉल्व किया आप देख लीजिए हमने जब क्रोम ब्राउजर इंस्टॉल करके यहाँ पे आप देख सकते हैं से सी आई डी पासवर्ड डाल के हमने लॉगिन कर लिया है और यहाँ से पेमेंट मेथड भी प्रोसेस होने वाला है सक्सेसफुल हो गया है हमारा पेमेंट और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन सबके सामने आ रहा है बेनिफिशरी आइडेंटिफाई सिस्टम ये वाला ऑप्शन आ जाता जा है जा जा और कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाता यहाँ पर हमने बता दिया है कि क्रोम ब्राउज़र में अपडेट वाला ऑप्शन आएगा आपको अपडेट नहीं करना है तभी आप इस कार्ड को प्रिंट कर पाएंगे दोबारा से हम वही प्रोसेस करेंगे जो पहले किया था डेट मंथ यहां से फिल करेंगे हमने यहां से फिल कर दिया है और यहां पर अगले महीने का जो डेट है वो भी डाल दिया है यहाँ पर जो उनका डेट आने के बाद हमने क्या किया सी एस वॉलेट पासवर्ड डालने के बाद इसे एक्टिव किया और पेमेंट प्रोसेस किया पेमेंट प्रोसेस करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे अकाउंट से एक रुपये कट चुका है और ये क्या दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन पर आ गया सेक्शन एक्सपायर्ड ये ऑप्शंस आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आता रहता है तो आप इसके सॉल्व कैसे करेंगे तो अगर आपके पास 70 वर्जन का क्रोम ब्राउजर ओपन है अगर आपके पास 70 वर्जन का क्रोम ब्राउजर ओपन है तो आप इसे प्रोसेस कर पाएंगे इशू कोई भी नहीं होगा आप इस कार्ड को प्रिंट कर पाएंगे क्योंकि बार बार प्रोसेस करने से होगा दोस्तों अगर एक बार में अगर नहीं होता है तो दूसरा बार उसे दोबारा पासवर्ड डाल के पेमेंट पे करके आप इसे प्रिंट करें आपका जो कार्ड है वो प्रिंट हो पाएगा क्योंकि हमने इसे एक से दो बार किया है तो एक बार नहीं हो रहा था पर दूसरे बार में भी थोड़ा इश्यू आ गया था सर्वर की वजह से उसके बाद ये कार्ड जो है प्रिंट हो पाया है तो इस तरह से आप एक से दो रुपए का जो चार्जेस पे करके आप किसी भी बेनिफिशरी का जो कार्ड बनाया है आप यहाँ से प्रिंट कर पाएंगे दोस्तों यहाँ देख लीजिए राजीव लाल यादव का जो है कार्ड या फिर राजेश यादव का जो कार्ड है वहाँ पर कर रहा है हम इस कार्ड को आपके सामने प्रिंट करके दिखाने वाले हैं हमने यहाँ पर जो सी एस का पासवर्ड डाल दिया है उसके बाद यहाँ पे सी ए का वॉलेट पिन हमने यहाँ से प्रेस किया एंटर किया और हमारा अकाउंट से एक रुपये का चार्जेस कट रहा है और साथ ही हम देखेंगे इसका जो कार्ड है वो प्रिंट हो गया दोस्तों यहाँ पर देखिए वो कार्ड आ चुका है तो इस तरह से आप किसी भी बेनिफिशरी का जो कार्ड है वो प्रिंट कर पाएंगे अगर आपको प्रिंट करने में या फिर इस कार्ड को डाउनलोड करने में कोई समस्या आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हम बताएंगे हमारे चैनल को फॉलो कीजिए डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ऐसे लिंक्स हैं जहां पर आप जाकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करेंगे इसके बारे में बता दिया गया है थैंक यू गाइज यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार